जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल शांतनु डी नेट में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं सबसे पहले हम इसमें टाइप करेंगे एम रोजगार पंजीयन यहां पर जाएंगे जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे हम जॉब सीकर हैं तो इसमें रजिस्टर करेंगे अगर आपकी पहले से आईडी तो लॉगिन इन करेंगे और आप न्यू है तो यहां से रजिस्ट्रेशन नाउ में जाएंगे अब ये हमारा पेज खोल के आएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मेनली इन दिस पोर्टल सर्विस पहला है प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट वेकेंसी ओनली मजदूरी श्रमिक ऑनली पी बी पी एस प्राइवेट एज वेल पी पीएससी वैकेंसी। तो हम प्राइवेट एज वेल एस, पी पीएससी वैकेंसीज़ में क्लिक करके सबमिट करते हैं सर्वप्रथम यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर मध्य नाम अगर हो तो नहीं तो अंत्य नाम लिखेंगे तो हम फॉर्म को स्टार्ट करते हैं नेम यहां यहां पर पर फिर पर आप अपना जेंडर कर लीजिए मेल है मेल फीमेल है फीमेल यहां पर अपना जिला यहां पर आपकी तहसील क्या लगती है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे सिटी विलेज में अदर में चले जाइए यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर सबमिट करें यहाँ पर अपना ईमेल, मेल यहाँ आधार नंबर और आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपना यूज़र नेम तो मैं अपना ईमेल रखना चाहूँगा यहाँ पर अपना पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हैं आप जैसे मैं अपना नाम रखूँगा और इसमें कोई भी जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें कोई भी सिम्बॉल नहीं रखेंगे सिम्पली अपना नाम रखें और कोई भी डिजिट डाल दें वन टू थ्री फोर या फ़ाइव सिक्स जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं आप अपना ईमेल और आधार नंबर सबमिट करने के बाद यहां पर अपना पासवर्ड बना लीजिए और उसके बाद जो नीचे ये कैप्चर दिया है इसको फिल कर दीजिए और उसके बाद यहां पर इसमें क्लिक कर दें द इन्फॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड एवव इस ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो आप जेब चाहते हैं सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट बाय मैसेज बाय ईमेल और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए यहाँ पर आपकी लॉग आईडी और पासवर्ड तैयार हो गया है यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक करें इसके बाद यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे क्या आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका डोमिसाइल कहाँ का है जैसे मेरा एम का डोमिसाइल है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी 96 यहां पर आप अपना एड्रेस डालें और यहां पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस इज सेम अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां यस करें नहीं है तो नो करके यहां पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डालें कि मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया यहाँ पर अपना पिन कोड डालें यहाँ आप अपना ब्लड ग्रुप फिल करें यहाँ अपना मर्चुअल स्टेटस मेरिट सिंगल डायबॉश यहाँ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें यहाँ आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें यहाँ सब कास्ट, यहाँ नेशनल्टी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका वो सेलेक्ट करें यहाँ पर जन हैं तो आप यस करें नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें डेबिलिटी प्रायोरिटी कितनी है सेवेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लें 75% 50% 40% फिफ्टी कैटेगरी क्या है आपकी ऑर्थोपेडिक ब्लाइंड डेफ कर्ड लेप्रोसी जो भी है आप इसमें से सेलेक्ट कर लें हैंडी सब कैटेगरी क्या है आपकी तो वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट कर दीजिए उसके बाद इसको सबमिट में क्लिक कर दीजिए इसके बाद अपना एजुकेशन फिल करें यहाँ पर एजुकेशन की जानकारी दें कहाँ तक आप पढ़े हैं ऑल हैंजेक्ट चूज कर लें क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे भी ऑल सब्जेक्ट कोर्स टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे कि मेरा फुल टाइम था यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी वो सिलेक्ट करें इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर था यहां से वो सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा डिवीजन था आपका वो सिलेक्ट करें आपके कितने परसेंट थे वो सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें जैसे ही आप सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद आपकी आई जनरेट हो जाएगी अगर आप आई में कोई भी अपडेट चाहते हैं तो अपडेट पर अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर दें यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और भी जो जानकारी है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं जैसे एक्सपीरियंस डिटेल अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विस लैंग्वेज डिटेल सर्टिफिकेट अंडर गवर्नमेंट स्कीम अटैच रिज्यूम आप अपना रिज्यूम भी इसमें अटैच कर सकते हैं आपकी क्या क्या स्किल्स हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं फिल कर सकते हैं टाइपिंग स्टैंडों की डिटेल डाल सकते हैं लाइसेंस डिटेल रिज्यूम हेडलाइंस एडिशनल स्किल प्रोफाइल समरी और प्रोजेक्ट्स के बारे में आप यहां पर फिल कर सकते हैं आप अपने डोमिसाइल भी यहां अपलोड कर सकते हैं अपना मूल्यवासी प्रमाण पत्र यहां से आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और उसके बाद आप होम पर जाएँ और यहाँ से अपना कार्ड प्रिंट कर सकते हैं यह हमारा कार्ड बन चुका है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जैन साथियों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में